सनम तो मोर सनम जुदा नहीं हो मोर कसम सनम सनम तो मोर सनम जुदा नहीं होबे मोर कसम चाय मोर जान चली जाए जाए जाए चाहे मोर जान चली जाए जाय जान तो मोर सनम जुदा नहीं होबे मोर कसम सनम सनम मोर सनम जुदा नहीं हो मोर कतम तो मोर सनम जुदा नहीं होबे मोर कसम सनम सनम तो मोर सनम जुदा नहीं होबे मोर कसम चाहे मोर जान चली जाए जाए जाए चाहे मोर जान चली जाए जाए जाए सनम तो, मोर, सम, तो, मोर, सम, तो मोर सनम जुदा नहीं हमें मोर कसम तनम तनम तो मोरसनम बेमोर कदम